वेल टू थाउजेंड 2019, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था चाइना के एक शहर से जिसने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाख घड़ा कर दिया था जिसके वजह से सरके खाली पड़े थे स्कूल्स ऑफिस बंद हुए थे और सभी लोग सिर्फ अपने घर में ही थे जब हम लो, सभी लोग सभी लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा था और पूरी दुनिया में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था ये सब हुआ था चाइना के सिर्फ सिर्फ एक फूड कल्चर की वजह से जहाँ से कोरोना वायरस का शुरुआत हुआ था लेकिन क्या जैसे फूड कल्चर सिर्फ और सिर्फ साइने में ही खत्म नहीं होते दुनिया में ऐसे बहुत सारे फूड कल्चर हैं जिसके वजह से बहुत सारे वायरस क्रिएट होते रहते हैं और जिसके वजह से ये भी चांस है कि लॉकडाउन फिर से इंपोज हो और हम फिर से घरों में ही बंद हो जाएं। तो क्या ऐसे आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ फूड कल्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट्स गैट स्टार्ट फिश तो हम सभी लोग खाते हैं, वो हेल्दी भी होता है लेकिन शायद ही कभी आप लोगों ने पॉइनस फिश खाया होगा ये जापान के एक फाइन एंड रेस्टोरेंट का हिस्सा है इस पॉइजनस फिश को एक फिश का नाम है, फुकु फिश। जिसके लोग मारे जाते है इसको बनाने के लिए शेफ को स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कम से कम तीन से चार सालों के इस फिश को काटने के लिए एक स्पेशल नाइफ का यूज किया जाता है जिसे फोकू कहते हैं इस फिश का प्राइस पर केजी टेन से फिफ्टी तक होता है और इस एक छोटी सी गलती के वजह से भी इसको खाने वाले की जान भी जा सकती है इसीलिए इसे स्पेशल टेक्निक का यूज करके प्रिपेयर किया जाता है इसे पहले एक टेबल में फ्लैट करके रखकर उसके पेट को काट के इसके आंखें और दिमाग को अलग किया जाता है इसके बाद धीरे धीरे उसके स्किन को निकाला जाता है माना जाता है की फूगू भीज का ये पार्ट बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है क्यूँकी इसमें एक टेट्राडोटक्सिन नाम का पॉइजन होता है जिससे इंसान को एक रेपिड बट डेंजरस मौत मिलता है और इस पॉइजन का अभी तक कोई एंटीडोड नहीं निकला है गैसे स्टार्ट होता है पहले मुंह से फिर देखते ही देखते ये पूरे बॉडी में फैल जाता है और बॉडी कम्प्लीटली चुके हैं यहाँ तक जपान के कुछ एरियाज में तो ये फिश बैन भी है ये तो हो गए पॉइजन फिश के बारे में बात लेकिन ऐसे डेंजरस फूड प्रैक्टिस ये पर खत्म नहीं होता है इससे ज्यादा दिल दहलाने वाले कुछ चीज अभी भी बाकी है जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिक ओशन के आसपास वाले एरियाज जैसे कि अलास्का अरिजोना ग्रीनलैंड कनाडा के Alaska, Arizona, की कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड होता है जहाँ लोगों के लिए सरवाइव कर पाना भी बहुत ही मुश्किल होता है इसी के चलते कुछ अनबिलेवेबल फूड प्रैक्टिसेस निकल के आते हैं जो कि आर्टिक एरिया के टेम्परेचर की वजह से वहाँ फार्मिंग पॉसिबल नहीं होता और इसी वजह से यहाँ के लोगों में मीट का कंज्पन बहुत ही ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ ओशन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और फिशिंग को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है इसी के चलते यहाँ सी फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है बटकाज इनके फूड कंजम्पन में कुछ बहुत ही शॉकिंग चीजें है जैसे की वेल मुकटूक एक ऐसा डिश है जिसे बनाया जाता है वेल्स के मीट से पर्टिकुलरली वेल के स्किन ब्लवर इससे बनाया जाता है डिश को जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी टिश्यू मना जाता है वेल के लिए टिपिकली ये डिश बनाया जाती है बोहेड वेल के मीट से जिसका वेट ऑलमोस्ट नाइन एलिफेंट के इक्विलेंट होता है पहले इन वेल्स को हंट करके मारकर छोटे छोटे पीसेस करके बेचा जाता है और ऐसे ही आर्टिक और कुछ एरियाज में पेंग्विन और पोलर बियस को भी मारकर खाए जाने वाले कुछ कल्चर सामने आते हैं वेल जानवरों का मीट तो कई लोग खाते हैं लेकिन क्या आपने काफी जानवरों का खून पीते हुए सुनाए हैं नॉर्थ अफ्रीका का एक एरिया है केन्या केन्या का मसाई ट्राइब जाना जाता है अपने फैशन सेंस और अपने अनयुजल फूड सोर्सेस के लिए कहा जाता है कि मसाई ट्राइब के लिए काउस बहुत ही वेल्युएबल और सीक्रेट होते है सो so नेचुरली मसाई ट्राइब्स का टिपिकल फूड है काउस मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट और इसी के साथ उनके दूसरे डाइट का हिस्सा है काउ का रॉ ब्लड पीना उसे बॉइल करके पीना उसे मिल्क के साथ मिक्स करके पीना पर्टिकुलरली एक मसाई रिचुअल है उनके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिससे वो लोग काउस को बिना मारे ही उनका ब्लड निकाल लेते हैं और लोग वो लोग काउस का बहुत वैल्यू करते हैं और पीने वाले काउस का ब्लड निकालते हैं किलिंग टाइप्स के लिए एक आम बात है के साथ कुछ स्पेशल की चाइल्ड बर्थ वेडिंग के टाइम पे काउस को मार के उनका ब्लड मिल्क के साथ मिक्स करके पिया जाता है थोड़ा तो तो तो मान लिया जा सकता है लेकिन कैसे अगर आपको कभी किसी जानवर या इंसान का यूरियन पीने को बोला जाए तो क्या आप पियेंगे साइबेरिया में माना जाता है कि सेंटा एक रिलीजियस शामन है जो मशरूम के जैसे ड्रेस्ट होता है उस शामन के यूरिन को पीना अच्छा माना जाता है फ्लाई एग्रेट एक पॉपुलर मशरूम है जिसे मॉडर्न टाइम में अलग अलग जगहों पर दिखाया गया है जैसे की द मारियो जहाँ पर यह मशरूम आपको ग्रो करने में हेल्प करता है हिंदू लिटरेचर में जिसे हम सोमा कहते हैं उसी का एक वर्जन है ये भी जिसको कंज्यूम करने से एलोजनेशन होता है और यही से शुरू होता है एक साइबेरिया का कल्चर जो की ऑलमोस्ट टेन सालों से चलता आ रहा है इस ट्रेडिशन में एक शामन को ये मशरूम खिलाया जाता है और उस शामन का यूरिन कंजूम किया जाता है इसी के साथ साथ कहा जाता है कि रेंजियस को भी ये मशरूम खिलाया जाता है और इसके बाद उस रेंज के भी यूरिन को लोग पीते हैं साइबेरिया के इस यूरिन ड्रिंकिंग का कुछ स्ट्योरीज भी है कुछ स्टोरीज का ये कहना है कि इसे पीने से लोगों को हीलिंग प्रॉपर्टी मिलती है जबकि साइंस कहता है की इससे लोगों का मौत भी हो सकता है कुछ स्ट्योरीज का ये भी कहना है की यूरिन पीने ऐसी साइबेरिया जैसे कोल्ड वेदर में लोगो को गर्मी महसूस होती है ये सब सुनने के बाद आप सब लोगों को लग रहा होगा कि इससे ज्यादा डार्क क्या ही हो सकता है गाय का खून पीना इंसान का यूरिन पीना लेकिन इससे भी ज्यादा डार्क थी अभी भी बाकी है हर रिलीजन में इंसान के मरने के बाद उसके अंतिम संस्कार करने का अलग अलग रिचुअल होता है ऐसे ही इंडोनेशिया का एक इलाका है सोलावेशी सोलावेशी में रहने वाले तो राजा ट्राइब के लोग अपने इलावोरेट डेथ रिचुअल के लिए जाने जाते हैं यह डेथ को एक लंबा प्रोसेस माना जाता है यहाँ पर डेथ को एक लंबी नींद की तरह किया जाता है इसी वजह से यहाँ पर किसी के मौत हो जाने पर डेथ बॉडी को घर ही रखा जाता है कई बार कई सालों तक यहाँ के लोगों का मानना है की वो इंसान कभी नहीं मरता जो अपने घर पे रहता हो इंसान का मौत तभी होगा जब वो अपने घर से बाहर निकलेगा ये ट्रेडिशन शुरू था एक इंसिडेंट के साथ कई सालों पहले जब एक शिकारी को तो जंगल में एक डेड बॉडी मिला था उसके बाद वो शिकारी उस डेड बॉडी को अपने घर ले जाता है फिर उस डेड बॉडी को वो साफ करता है कपड़े पहनाता है और इन सब के बाद उस शिकारी को एक अच्छा फॉर्चून और लग मिलता है और तभी ट्रेडिशन आज तक चल रहा है जहाँ मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है इन फ्यूनरल में लोग अपनी जिंदगी भर के कमाई को लगा देते है डेड बॉडीज को प्रिजर्व करके रखने का एक रीजन ये भी है की फैमिलीज को टाइम मिल पाए पैसे सेव करने के लिए इसी के साथ इसका एक बहुत ज्यादा थींग थींग है, खाना इंसान के मरने के बाद भी फैमिली में उस डेड बॉडी को रखा जाता है और फैमिली में ही उस डेड बॉडी के लिए भी खाना जाता है। वर्ल्ड so इनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा डेंजरस लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय